तो परदे प्रेमी मंखिड़ो रे सला इन रे दे हम तो परदे प्रेमी मन

साधु लोग ये येदार साधु भाई रे पल पल पर बजाए हम तो परदेशी

बोलो पक्ष बिना चलण रे सलाओ बिना पंख उड़े जा जाख बिना बोलो पक्ष बिना चलणो रे बिना रेख

तो परदेशी प्रेमी पंखिड़ो रे साधु भाई रे

बैठू तो अब नीर ब्याप ओ नवार खूब बड़ी शीतला

तो परदेशी प्रेमी इन रे पंछड़ो रेला दे

पच मरिया रे मनवाओ इण रे जुगत रे मानी मा। ध्यान रे संतो पच पच मरिया रे मनवाओ इण रे

गुण नाम कर हम तो परदेशी प्रेमी मुंश लाओ इन रेसरो

सदगुरु अमर मैं लख लख ने रे शरीर हमारा रे ओ सदगुर अमर करा

तो परदेशी प्रेमी पंखिड़ो रे मनो इन रे देश ना इन रे देश राशा दो से दारे